पैर से माचिस जलाने का ट्रिक बचाने जा रहा था और शुरू करके हैं ये बिग्रिया है। सबसे पहले हम दो तो माचिस में, ये तो में ये सर्या सर्या ये ले दो माचिस में से ये माचिस तो पहले सरिया लेंगे सरियाने के बाद ये माचिस छोली चाय छोली चाह फेंगे अब मैं फाड़ के ये पहले से मैं रखा था अब इसे इस माचिस के अंदर नाप ले लेंगे एक नाप फाड़ लेंगे बराबर बराबर ये ऐसे डाल देंगे अभी बराबर नहीं होगा ये डालने के बाद इसे डाले अब देखिए मैं इसे जलाने हो wow, amazing. इस हाल चुका है? इसमें ज्यादा इसका नहीं माचिस जल, है देख लीजिये अभी दिखा रहे आप तो देखिए एच भी नहीं है गेट लीजिए यदि आपको तो अच्छा लगा है इस वीडियो को तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें